मिल जाएगा कोई हमें भी टूट के चाहने वाला मिल जाएगा कोई हमें भी टूट के चाहने वाला अब शहर का शहर तो बेवफ़ा नहीं हो सकता अब शहर का शहर तो बेवफा नहीं हो सकता बहुत शौक़ था मुझे सबको जोड़कर रखने का बहुत शौक़ था हमें सबको जोड़कर रखने का होश तब आया जब खुद के वजूद के टुकड़े हो गए होश तब आया जब खुद के वजूद के टुकड़े हो गए